बाड़ का कहर ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे उसी जंगल में एक मंचली नामक गरीब चिड़िया अपने पति भोलू चिड़े और दो बच्चों टोनी और मोनी चिड़िया के साथ एक टूटे फूटे घोसले में रहती थी टोनी और मोनी चिड़िया दोनों छोटे होने की वजह ऐसी सारा दिन घोसले में ही बैठे रहते थे अब तक तो इन चारों का जीवन बड़ी ही मजे से कट रहा था पर वो कहते हैं ना कि हमें अपने आने वाले कल की खबर ही नहीं रहती जी हाँ यहाँ भी कुछ ऐसा ही था इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था सारे पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों की अच्छे से मरम्मत कर ली थी एक दिन सवेरे जी सुनिए अब तो बरसात भी शुरू हो गई है और जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घोसलों की मरम्मत भी कर ली है हमें अपने कार्य की वजह ऐसी अपने घोसलों की मरम्मत करने का समय ही नहीं मिला हाँ मंजली ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है अब तो बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं चलो हम आज कार्य पे न जाकर अपने घोसले की मुरम्मत करने में लग जाते हैं क्या पता कल से ही बारिश शुरू हो जाए जी सबसे पहले हमें मजबूत लकड़ियाँ लानी होंगी माँ हम दोनों भी चलते हैं आपके सामने नहीं नहीं बिटिया आप दोनों तो भी बहुत छोटी हूँ आप जब बड़ी हो जाओगी ना तब हमारे साथ चलना अभी हम चलते हैं आप अपना और अपनी बहन टोनी चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखना घोसले से बाहर मत निकलना दोनों पति पत्नी अपने घोसले से उड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं इधर टोनी और मोनी चिड़िया दोनों अकेले घोसले में बैठे हुई थे मंचली चिड़िया अपने पति भोलू चिड़े के साथ काफी समय से जंगल में घूम रही थी पर अब तक वे दोनों को कोई मजबूत लकड़ियां नहीं मिली थी दोनों घूमते घूमते बहुत थक चुके थे इसलिए वे दोनों एक बरगद के पेट पर जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि अरे मंचली, सुबह से दोपहर हो गई और यहाँ जंगल में तो एक भी मजबूत लकड़िया नहीं है सारी मजबूत लकड़ियाँ कहाँ चली गयी जी मैं क्या कहती हूँ अब हमें घोसले में लौट जाना चाहिए वहाँ हमारे दोनों छोटे बच्चे अकेले हैं। हम काफी दूर भी आ चुके हैं अगर बारिश शुरू हो गयी तो बच्चों को परेशानी हो जाएगी हाँ हाँ हा, मंजली आप ठीक कह रही हो अब हमें लौट जाना चाहिए दोनों जैसे ही उस पेड़ से उड़ने लगते है तभी एक चिंटू नामक तोता दो उन दोनों का आवाज़ लगाता है क्या हुआ चिड़े भाई बड़े परेशान लग रहे हो क्या समस्या है अरे तोते भाई हम सुबह से मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं पर हमें उस जंगल में कहीं भी नहीं मिल रही है अरे चिड़े भाई आप भी कमाल करते हो। आपके वो मजबूत लकड़ियाँ कैसे मिलेंगी इस जंगल के सारे पक्षियों ने बहुत समय पहले ही इस जंगल की सारी मजबूत लकड़ियाँ अपने अपने घोसले में लगा दी है अब आप तो आपको एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाएगा इस जंगल में <laughs> तो भाई हमें अपनी चिंता नहीं है पर साथ में तो हम दोनों पति पत्नी जैसे तैसे रह लेंगे पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वे तो कैसे इस बरसात में अपने आप को संभाल पाएंगी इसलिए हम मजबूत लकड़ियां लेने आए थे ओह आप चिंता ना करो इस जंगल के बाहर जो घेसूला इलाका है ना वहाँ बहुत सी मजबूत लकड़ियाँ पड़ी है आप वहाँ ऐसी लेकर आइए घेसूला इलाका अरे बापरे वो तो खूंखार पास और चीलों का इलाका है वहाँ तो इस जंगल का कोई भी पक्षी नहीं जाता मैं जाऊंगा मंचली वहाँ और वहाँ से मजबूत लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। आप बच्चों के पास घोसले में जाइए मैं तुरंत जाता हूँ और तुरंत ही लौट कर आता हूँ नहीं जी मैं आपको उस खतरनाक इलाके में अकेले नहीं जाने दूंगी मैं भी आपके संग वहाँ चलूँगी बात समझने की कोशिश करिए आप मंचली इसमें बारिश किसी भी समय आ सकती है और हमारे दोनों बच्चे घोसले में अकेले हैं। पता नहीं वहाँ से लौटने में कितना समय लगेगा और इधर हमारे बच्चे के पास भी तो कोई न कोई होना चाहिए ना। चिड़िया बहन चिड़े भाई की बात बिल्कुल सही है आपके बच्चों के पास इस समय आपका होना बहुत जरूरी है आप चिंता न करिए मैं चिड़े भाई के साथ चला जाता हूँ आप दोनों इस समय अपने अपने घोसले में काफी दूर हैं। आप तुरंत जाइए आपके घोसले तक पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। चिंटू तोते की बात सुनकर मंचली चिड़िया वहां से उडकर अपने घोसले की ओर जाने लगती है इधर भोलू चिड़ा और चेंटू तोता दोनों उस घेसूले इलाके में चले जाते हैं इधर दोनों बच्चे अकेले घोसले में बैठे हुए थे टोनी बहन ये माँ पिताजी अब तक आए क्यों नहीं इन्हें गए काफी समय हो गया है लगता है उन्हें मजबूत लकी नहीं मिली तभी अचानक से बरसात शुरू हो जाती है ये देख कर चिड़िया रास्ते में ही एक पेड़ आरोप रुक जाती है परे ये बरसात तो शुरू हो गयी और मेरे बच्चे घोसले में अकेले है अब मैं क्या करूँ मेरा घोसला तो काफी दूर है चिड़िया वहीं बैठे परेशान हुई जा रही थी इधर दोनों बच्चे बरसात में भीग रहे थे काफी समय से बारिश लगातार चलने की वजह से जंगल के बड़े से दरिये में बाढ़ आ जाती है और वो बाढ़ तेजी ऐसी जंगल की और आ जाती है जिसमे कई सारे पेड़ कई सारे पक्षियों के घोसले और कई सारे पक्षी बहकर चले जाते हैं उन पक्षियों में मंचली चिड़िया के दोनों बच्चे भी अपने घोस्ते के साथ बहकर चले जाते हैं सारा हरा भरा जंगल एक खाली मैदान की तरह हो जाता है हर तरफ वीरान हो जाता है करीब पाँच घंटों की लगातार बारिश के बाद बारिश बंद हो जाती है और जंगल में आई बाढ़ भी कम हो जाती है अरे बाबरी ये बरसात तो बहुत देर तक चली चलो मुझे तुरंत अपने बच्चों के पास चलना होगा पता नहीं मेरे बच्चे घोसले में कैसे होंगे मंचली चिड़िया तेजी से उड़ते हुए अपने जंगल की ओर आती है तभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक मंजर था जिसे देखकर कर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं उसका पूरा जंगल एक मैदान की तरह साफ हो गया था उस बाढ़ ने उसके जंगल और उसके बच्चों को अपने अंदर निगल लिया था ये क्या हो गया बच्चा मेरा घोसला सारे पेड़ ये सब कहा चले गए टोनी मोनी टोनी बिटिया कहाँ हुआ मंचिली चिड़िया इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद चारों कतार रोने लगती है उसके सारे जंगल में बाढ़ का पानी भर चुका था और पूरा जंगल तहस नहस हो गया था मंचिली चिड़िया हर तरफ अपने बच्चों को तलाश करती है चिल्लाती है रोती है पर उसे अपने बच्चों का कहीं पता नहीं चलता देखते ही देखते शाम हो जाती है मंचिली चिड़िया रोते रोते एक जगह बैठ जाती है <laughs> टोनी पिटिया मोनी पिटिया कहाँ हो आप दोनों बच्चों ये सब क्या हो गया भोलू कहाँ हो आप एक माँ के सामने उसके बच्चे एक बार में बहकर तहस नहस हो गए थे वो माँ का रो रो कर बुरा हाल हुई जा रहा था इधर भोलू चिड़ा जैसे ही मजबूत लकड़ियाँ लेकर वहाँ से आने लगता है तभी भोलू चिड़े और चिंटू तोते को वहाँ के खूंखार पक्षी पकड़ लेते हैं चिड़े भाई अब तुरंत तो यहाँ ऐसी निकल जाइए आपके बच्चों को आपकी जरूरत है नहीं नहीं नहीं, नहीं तोते भाई मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता ये बहुत खतरनाक पक्षी है <laughs> पक्षियों इन दोनों को यही मौत के घाट उतार दो <laughs> तभी सारे खूंखार बस दोनों पर हमला करने लगते हैं तभी भोलू चिड़ा चिंटू तोते को धक्का दे देता है जिसकी वजह से चिंटू तोता उन खूंखार पक्षियों के सामने ऐसी निकल जाता है और वो सारे खूंखार पक्षी भोलू चिड़े को पकड़ लेके चले जाते हैं चिंटू तोता रोते रोते चिड़िया के पास आता है और जब वो भी अपने जंगल का माहौल देखता है तो उसके भी आंखें फटी फटी की फटी रह जाती चिंटू तोता मंचली चिड़िया को सारी घटना के बारे में बताता है जिसके बाद दुखियारी मंचली चिड़िया और जारो कतार रोने लगती है ये सब क्या हो गया इस बार की वजह से मेरा पूरा परिवार चिड़िया बहन मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ पर अब खुद की जान गवाने से क्या फायदा होगा अब हमें आगे बढ़ना होगा चिड़िया बहन ये सब भाग्य का खेल है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते चिंटू तोते की ये बात सुनकर चिंटू तोता और मंचली चिड़िया दोनों जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं दुष्ट का और मासम टूनी चिड़िया एक बहुत ही घना जंगल था जिसमे सभी पक्षी अपने अपने घोसले में खुशी खुशी रहते थे उन्हीं पक्षियों में एक टूनी नाम की मासूम और सीधी साधी सी चिड़िया भी रहती थी जहाँ टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी वहीं पास के ही घोंसले में रहने वाला भीकू कौआ बहुत ही दुष्ट और चलाक था वह टूनी चिड़िया को परेशान करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता था एक दिन टूनी चिड़िया जंगल ऐसी तिनकी ला कर जमा कर रही थी तभी भीखू कौआ वहाँ आ जाता है <laughs> अरे टूनी आजकल बहुत भाग दौड़ कर रही हो क्या बात है कोई खास बात हो तो हमें भी बताओ भाई जल्दी मेरी बच्ची इस दुनिया में आने वाली है आपको तो पता ही है बरसात का मौसम आने वाला है इसलिए मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घर तैयार कर रही हूं ताकि मेरे बच्चे हर तरह के खतरे ऐसी महफूज रह सके <laughs> अरे टूनी बहन ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई चलो जल्दी जल्दी अपने घर तैयार कर लो अब बरसात में ज्यादा समय नहीं है हाँ भाई मैं तो सचमुच बहुत ही खुश हूँ जल्दी मेरा भी अपना अपने परिवार होगा मेरी बच्चे होंगी अपना ही घर होगा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है टूनी अब मैं भी देखता हूँ तुम अपना घर कैसे बनाती हो आई बड़ी बच्ची और घर का सपना देखने वाली टूनी <laughs> चिड़िया भीकू कौए के इरादे समझ नहीं पाती वह रात दिन मेहनत करके एक एक दिन का चुनकर अपना घर बना लेती है एक दिन टूनी चिड़िया अपना घोसला छोड़कर दरिया पर पानी पीने जाती है तभी भीखू कौआ वहाँ आ जाता है अपना घर ऐसे कोई छोड़कर जाता है क्या बेवकूफ टूनी अभी मजा च खाता इसे आज तो इसके रोने चिल्लाने की भी आवाज सुनकर दिन ही बन जाएगा <laughs> इतना कह कर भी को बनाया हुआ घोसला पेड़ की शाखा से नीचे गिरा देता है टोनी का सपनों का आशियाना टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है थोड़ी देर में टोनी चिड़िया पानी लेकर लौट कर आती है तो देखती है कि उसका घोसला जमीन आरोप टूटा हुआ पड़ा है <laughs> जाने किस ने मेरा घोसला उठा नीचे फेंक दिया अब मैं क्या करूंगी? जल्दी ही मेरे बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं घर नहीं बना पाई, तो इस बारिश के मौसम में, में मेरे बच्चे नहीं बचेंगे जरूर कोई ना कोई शिकारी बख्शन का शिकार कर लेगा चिड़िया पानी का बर्तन वहीं छोड़कर फिर से अपना घोसला बनाना शुरू कर देती है भीकू कौआ अपने घोसले में छिप ये सब देख रहा था अरे ये बेकूफ़ चिड़िया तो अभी भी नहीं मान रही लगता है ऐसे नहीं मानेगी अब की बार ये तीन के लेने जाएगी तो मैं अपना काम कर दूंगा जैसे ही टोनी तिनका लेने जाती है भेको कौआ जाकर चोंच मारकर उसका पानी से भरा बर्तन नीचे गिरा देता है थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया तिनके जमा करके वापस आती है तो अपना पानी का बर्तन नीचे टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है हे <laughs> भगवान मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है मैं तो दिन भर से मेहनत करके दिन की जमा कर रही हूँ और मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है तो चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनकर पिंकी पिन मोरनी वहाँ आ जाती है अरे टोनी बहन जी क्या बात हो गई जब ऐसे रो रही हो थोड़ा करो बहन मुझे बताओ आखिर बात क्या है पिंकी बहन मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घोसला बनाया था जब मैं पानी लेने गई तो ना जाने किसने मेरा घोसला तोड़ दिया मेरे बच्चे आने वाले हैं इसलिए मैं फिर से घोसला बनाने के लिए तिनके लेने गयी तो मेरा पानी का बर्तन भी किसी ने नीचे गिरा तोड़ दिया बहन जी होना हो ये काम उसी दुष्ट भीकू कौ का है आप कुछ ज्यादा ही मासूम हो जरा सावधान रहना उससे नहीं तो आपको और आपके बच्चों का यहाँ रहना दो भर कर देगा वो दुष्ट अब आप रोना छोड़ो और थोड़ा समझदारी और चराकी से काम लो इतना कह कर पिंकी मोड़ने वहाँ से चली जाती है टूनी चिड़िया भी रोती बिलकती अपना घर बनाने लगती है कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया एक अंडा दे देती है टूनी को अब थोड़ा अंदेशा हो गया था इसलिए अब वह भीकू से थोड़ा सावधान रहती थी इधर भीकू कौआ का काफी दिनों से कोई शरारत ना कर पाने के कारण परेशान था बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं इसका अंडा उठाकर नीचे फेंक दूँगा बड़ा मजा आएगा जब ये टूनी जोर जोर से रोएगी भीकू कौआ टूनी के अंडो को फोड़ने के ख्यालों में गुम होकर बरगद के पेड़ की सबसे ऊँची शाखा के पास पहुँच जाता है अरे वाह यहाँ से तो टूनी का घोंसला साफ साफ दिखाई दे रहा है बस ये टूनी दाना लेने जाए तो मैं इसका अंडा तोड़कर उसे मजा चखाऊं। टूनी चिड़िया को देखने में व्यस्त भीकू कौआ ये देख नहीं पाता कि वह एक बास के घोंसले के पास पहुंच गया है भीकू कौआ कुछ समझ पाता इससे पहले ही बास के एक जोरदार हमले ऐसी वे नीचे गिर जाता है का गला प्यास से से सूख रहा था, उसके जख्म खून बह रहा था और वह दर्द से छटपटा रहा था तभी टूली चिड़िया और पिंकी मोड़नी भीकू के चिल्लाने की, की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच जाती है अब आया ना पहाड़ के नीचे अब इस दुष्ट कौ को पता चलेगा कि भूख प्यास और तकलीफ क्या चीज होती है अरे मरने दो इस दुष्ट कौ को यहां पर ही मैं तो कहती हूँ टूनी बहन आप भी जाओ और जाकर आप सुकून से अपना घर में रहो आज इस कौ के साथ ही सारी मुसीबत भी खत्म समझो नहीं नहीं पिंकी जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं एक घायल पक्षी की मदद करना हमारा फर्ज है अगर हम सब पक्षी भी बीको कौए की तरह सोचने लगेंगे तो उसमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा हमें बीको कौ की मदद करनी चाहिए टूनी बहन जी आपकी मुसीबत खुद खत्म हो रही है और एक आप हो कि फिर से इस चला कौ की मदद करना चाह रही हो आप ही करो ये फिजूल भलाई मैं आज थी इनके सांप को नहीं पालती हाँ। पिंकी मोरनी टूनी चिड़िया की बात सुनकर नाराज होकर चली जाती है टूनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले में जाती है लेकिन उसे पानी भरकर लाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता क्या करूँ भिकु भाई मेरे पास कोई बर्तन ही नहीं है आपको पानी कैसे पिलाऊ <laughs> मैंने ही आपका पानी भरकर लाने वाला बर्तन तोड़ा था शायद यही मेरी सजा है कि मैं प्यासे ही मर ऐसी भीकू भाई ऐसी बातें नहीं करती मैं अभी कुछ करती हूँ टूनी चिड़िया अपने टूटे हुए बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर आती है और भीकू कौ को पिलाती है और बस यही रहना भाई मैं अभी वैद्य को लेकर आती हूँ आप बिल्कुल मत खबराना थोड़ी देर बाद टूनी वैद्य चिंटू कबूतर को लेकर आती है अगर आज टूनी समय से तुम्हारा इलाज न करवाती तो शायद तुम जीवित ना होते किंतु अभी भी तुम उड़ने लायक नहीं हो कुछ दिन आराम करोगे तो घाव जल्दी ही भर जायेंगे <laughs> अगर मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो वैसे भी भूख प्यास में कुछ दिनों में मर जाऊंगा मुझ दुष्ट शैतान कहोगे तो कोई बूंद पानी भी नहीं पिलाएगा आप ऐसी बातें क्यूँ सोचती हो भीकू भाई पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है मैं आपको रोज दाना और पानी ला कर दिया करूंगी आप बिल्कुल परेशान न हो आप एकदम ठीक हो जाओगी मुझे माफ कर दो टू मेरे जैसे दुष्ट पक्षी को तुम इतनी सेवा कर रही हो जिसने कभी तुम्हारा भला नहीं सोचा हमेशा तुम्हारे साथ पूरा व्यवहार किया मैं तो तुम्हारे अंडे तोड़ना चाहता था तुम्हे दुखी और परेशान देखना चाहता था एक तुम मौजूद मेरी जान बचाना चाहती हो इतना कह कर भी को कौवा फूट फूट कर रोने लगता है देखो भी को भाई मैं सब जानती हूँ ये भी जानती हूँ कि आपने ही मेरा घोसला तोड़ा और आप मेरा अंडा भी फोड़ना चाहती थी लेकिन आपकी बुराई को देखकर मैं अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकती ना अगर हम सब बुरा ही सोचने लगेंगे तो दुनिया से अच्छाई तो खत्म ही हो जाएगी दूसरे को तकलीफ में देख मुझे बहुत मजा आता था आज मुझे दर्द और तकलीफ का असली मतलब समझ में आ गया अब मैं कभी भी किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा हमेशा सबके काम आऊँगा और इस तरह एक मासूम ऐसी टूनी चिड़िया ने एक दुष्ट कौए को भी अपनी तरह सच्चा और अच्छा पक्षी बना दिया इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने बुरे कर्मों का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है और अच्छाई से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है